नमस्कार मैं हूँ सत्यम शर्मा आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा है खास आज हम बात करेंगे ओम राउत की निर्देशित फिल्म आदि पुरुष की जो कि ट्रीजर रिलीज होने के बाद विवादों में आ गई है विवाद की वजह कई हैं लेकिन हम आज बात करेंगे जो राम भगवान का कैरेक्टर दिखाया गया जो रावण का कैरेक्टर दिखाया गया और जो भगवान हनुमान का कैरेक्टर दिखाया गया उसको लेकर विवाद है हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है मैम हमारे साथ इस सबके लिए चर्चा के लिए मौजूद है दखल न्यूज की संपादक शैफाली गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे जो राम भगवान का कैरेक्टर जिस तरह से घंटे की मूवी का ट्रीजर रिलीज हुआ है उसमें जैसे दिखाया गया है ऐसा लगता है नहीं कि घंटे में ये सब कुछ राम भगवान को दिखा गया है और जिस तरह से विवाद पैदा हो रहे हैं उससे आपत्ति हुई संगठनों में आपको क्या लगता है सबसे पहले तो आपत्ति जो आई है वो उनके जो वस्त्र है जो कपड़े उनको पहनाए गए हैं और जो मतलब पूरा ट्रीजर देखने के बाद मुझे ऐसा फील आया जैसे कोई विडियो गेम चल रहा हो या कोई कार्टून फिल्म चल रही हो तुमको क्या लगता है रामायण तुम्हारे जहन में कैसे आती है क्या दिखता है तुम्हें रामायण देखिए जैसे हम लोगों को रामायण दिखाई गई हम लोगों ने बहुत एपिसोड रामायण के देखे उसके बाद एक दिमाग में बैठी कि पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जो ट्रीजर रिलीज हुआ है जिस तरह से रावण को भी दिखाया गया जिस तरह से हनुमान जी को भी दिखाया गया ऐसा लगता है जैसे रावण भी सैफ अली खान जो सैफ अली खान है जो उन्होंने भूमिका निभाई उससे तो तो ऐसा लग रहा है है निर्देशन निर्देशक ने अपनी हरकत की इसमें जैसे जैसे ही रावण को दिखाए आतंकवादी तो का चेहरा दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि खिलजी वहां पे आ गए हैं नहीं दूरदर्शन में जैसे हमने रामायण देखी और उस वक्त हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरितार्थ देखा जो उनके वक्त देखे वलकल में वो वन में चले गए थे है ना पिता ने एक आदेश किया था और जो राज जिनका सिंह होना था और उनको कहा जाता है कि अब आपको वर्ष वनवास पर जाना है तो उनकी पत्नी उनके संग हो उनका भाई उनके संग हो लिया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चौदाह वर्ष का वनवास काटने के लिए पैरों में खड़ाऊ और वलकल पहन वन के लिए निकल पड़े थे ठीक है ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं और रामलीलाओं में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखा रामलीलाओं में भी बहुत क्षण कुछ घंटे की रामलीला दिखाई जाती है तो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बहुत ही सौम्य तरीके से दिखाया जाता है लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगा जैसे हिंदू धर्म और हमारे भगवान सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड वालों के लिए एक मजाक बनाने के पात्र बनकर रह गए हैं मजाक की बात करते हैं ब्रह्मास् मूवी इसके पहले रिलीज हुई थी उसके बाद ये मूवी आई जिसमें देखो वो हिंदू धर्म को सिर्फ मजाक बनाने के लिए अब इसमें जो कैरेक्टर कैरेक्टर वो कार्टून से कम नहीं लगते हैं। आप राम भगवान को देखिए तो राम भगवान के जो स्लीपर पहनाकर राम भगवान को इसमें दिखाएगा टीजर एक रिलीज हुआ अपन चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले बैठकर कैमरे के पीछे आ, जो भगवान राम थे वो खड़ाऊ पहनकर निकले थे मन में और उनके खड़ाओ का निवेदन किया था अयोध्या कि और अपना राज्य भार संभालिए तो भगवान श्री राम ने साफ इनकार कर दिया था कि भाई मैं चौदह वर्ष का वनवास काटूंगा उसके बाद लौटूंगा तो भरत ने यह कहा था कि ठीक है आप अपने खड़ाओं दे दीजिए मैं राज सिंहासन पर रख दूंगा और चौदह वर्ष आपके खड़ा से हमारा जो अयोध्या है उसका राज्य चलेगा ये पुरुष में ही कहां तो से कहां से कहां से बिल्कुल वो जूता लाए मोची भाई डायरेक्टर दूसरा आप मुझसे बात कर रहे थे सैफ अली खान जो रावण का रोल था रावण देख तो लेते चंगेज खान लग रहा है वो गौरी खान जो लूटने आया था हमारे भारत को बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है क्या सुरमा लगाया काजल है ना और भाई आपको डायरेक्टर साहब अगर ये नहीं पता था सैफ अली का तो तो नहीं पता होगा इतना तो मुझे मालूम है डायरेक्टर साहब आपको अगर नहीं पता था तो आप जानकारी हासिल कर लेते कि रावण एक ब्राह्मण था उच्च उच्चकोटि का ज्ञानी ब्राह्मण था और ब्राह्मण चोटी धारण करते हैं जनेऊ पहनते हैं और रावण जो था वो इतना ज्ञानी ब्राह्मण था कि उसने शिव तांडव स्त्रोत जो है वो गाकर वो लिखकर भगवान शिव को प्रसन्न किया था जो शायद ओम से भी ना बने शिव तांडव स्त्रोत की एक लाइन नहीं बोल सकते है ना लेकिन... और उन्होंने क्या किया सैफ अली खान को रावण बनाया और ऐसा रावण चोटी तो गायब है, है ना दिए भाई कहा से लाए आप वो सलून और वो हेयर ड्रेसर और ये सब कहा से आपको ये नाई मिला जंगल में क्या आपने स्पाइक बना दिए मजाक समझ के रखा है क्या आपने हर साल रावण का दहन होता है रावण का सम्मान भी हमारे देश में उतना ही है रावण एक ऐसा ब्राह्मण था जब उसकी मृत्यु हुई भगवान श्री राम ने जब तीर मारा उनको तो भगवान श्री राम ने अपने भाई से बोला कि भाई ये जब तक प्राण त्यागे उनसे आप ज्ञान लीजिए है ना पूजनीय थे ज्ञानी थे रावण उनसे गलती हुई थी उन्होंने सीता का तो तो आप इमेजिन नहीं किए थे कि कभी हवाई जहाज जैसा कोई वाहन होगा जिससे आप हवा में यात्रा करेंगे उस वक्त रावण के पास पुष्पक विमान था और उस विमान से जब श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली थी लंका पर और उसी विमान से वो अयोध्या लौट के आए थे बहुत हॉलीवुड हाँ, तो वाले दे रहे हॉलीवुड से ये लेकर आते हैं वही चिपका देते हैं ग्रेफिक्स का पूरा कमाल दिखाते अब सत्यम मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे एक बड़े से हॉल में ग्रीन क्रोमा और क्रोमा के ऊपर सारा का सारा फिल्म जो है शूट हो गई और ग्राफिक पूरा पूरा दिखाकर सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए और सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए पब्लिसिटी के ये हमारी अपकमिंग जो जनरेशन है उसके ज्ञान को बर्बाद करिए जो हमारा इतिहास है इतिहास को भी बर्बाद कर रहे हैं सत्यम ये बहुत साफ है की भगवान राम को हमने या किसी ने भी नहीं देखा माता सीता हमने नहीं देखी लक्ष्मण जी हमने नहीं देखे लेकिन हम हमारे जो बुजुर्ग रामायण पढ़ते हैं या हम जो रामायण पढ़ते हैं और हमारे पूर्वजों ने हमको भगवान राम भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी हनुमान जी और पूरी रामायण के जितने चरित्र हैं उन सब के बारे में जो हमको बताया हमको वो इतिहास मालूम है इसीलिए हमको इस तरीके की फिल्म के, के टीज़र देख गुस्सा भी आ रहा है लेकिन जो आगे की जनरेशन है उसके पास इतना वक्त नहीं है या वो रामायण पता नहीं पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी या दूरदर्शन पे जिस तरीके का एक रामायण सीरियल आया वो अब दोबारा रिपीट होगा कि नहीं होगा कोरोना काल में हुआ था लेकिन अगर वो बच्चे शॉर्ट में रामायण देखने के लिए गूगल पे सर्च किया और इस तरीके की फिल्म आई तो क्या इतिहास उनके दिमाग पर छपेगा कैसा था रामायण उनके दिमाग में कौन थे भगवान राम भगवान हनुमान को भी लेकर के कुछ आपत्तिजनक दृश्य हैं जिसमें उनको दाढ़ी वाला दिखाया गया है और हनुमान को श्री रामचंद्र भगवान ने यह कहा था कि धरती पर ही रहना है तुमको तो कलयुग में भी हर युग में धरती पर रहना है और भगवान श्री हनुमान का मजाक एक बार रावण ने बनाया था उनकी पूछ में आग लगा दी थी पूरी लंका जल गई थी भस्म हो गई थी तो बॉलीवुड जरा संभाल के रहो तो, तो, तो तुमने भी बनाया हनुमान जी का और उनका दिमाग ठनका या उनकी पूंछ में आग लगी तो शायद बॉलीवुड बॉलीवुड तो और में तो सोने की लंका भी नहीं है इतना पैसा तो नहीं, नहीं होगा नहीं है बिल्कुल नहीं है और रावण जैसे ज्ञानी भी आप बिल्कुल नहीं है तो हनुमान को लेकर भी मजाक उड़ाया गया राम को लेकर भी मजाक उड़ाया गया बात आती है लक्ष्मण को लक्ष्मण को लेकर भी मजाक बनाया जा रहा है उनकी जो दाढ़ी बना दी गई है और जो हनुमान जी को जो वस्त्र पहनाए गए हैं उसको लेकर भी आपत्तिजनक दृष्टि मिला के सत्यम जो ओम राउत है उन्होंने असल में हमारे देवताओं को देखा ही देखना देखा तो खैर किसी ने नहीं है लेकिन एक जो मर्यादा होती है ना जो हमारे मन में एक छाप है ईश्वर की वो शायद वो दूर है परे है उससे उनमें कार्टून फिल्म्स बहुत देखी हैं उन्होंने हॉलीवुड की ये बैटमैन और स्पाइडरमैन को ज्यादा ही देख ली है तो उन्होंने हमारे जो भारतीय हमारे जो देवी देवता है उन्होंने उस रूप में उनको ढाल दिया है सीता जी को लेकर भी दृश्य दिखाए गए उनकी जो साड़ी समझ है में ही नहीं आया वो सीता जी के लिए इनको जंगल में टेलर कहां से मिला ऑफ शोल्डर ब्लाउज बना दिया मतलब ओम राव थोड़ा तो दिमाग लगा लेते कि जंगल में है सीता जी जब निकली थी भगवा साड़ी पहन के पूरी मर्यादा के साथ सर पे पल्लू रख के निकली थी और आपने कृति सेनन को आप शोल्डर ब्लाउज दिया पह कहा साफ शब्दों में कहा है कि भाई इस तरीके की फिल्म अगर आप रिलीज करेंगे तो हम पूरा विरोध करेंगे रोक लगाएंगे और मुझे लगता है कि हर स्टेट के मंत्रियों को इसका विरोध करना चाहिए और इस तरीके की फिल्म रिलीज ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए सारे हिंदू संगठनों को सारे आ, सरकारों को और मुझे लगता है कि गलत इतिहास प्रस्तुत हो उससे पहले इसको खत्म कर दिया जाए पांच सौ करोड़ वसूलने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि जिस जो आपने ट्रीजर देखा लगता है कि आपको पांच करोड़ लगे होंगे ट्रीजर देखे जीएफएक्स जी का कमाल रहता दिल्गो, दिल्गो। है तो इसमें पैसे लगाते हैं ये लोग और पैसे को किसी भी हद तक पाने के लिए वो जा सकते हैं वो विवाद खड़ा करते हैं विवाद खड़े करने के बाद जो सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार होता है लोग आदि पुरुष को ऐसे ही जान गए की आदि पुरुष नाम की एक मूवी आ रही है लेकिन ये पैसे वसूल कहाँ से करते है ये समझ से थोड़ा सा परे हैली खान अचानक से आ जाता है की साहब मैं अपने बेटे का नाम राम नहीं रख सकता था इसीलिए मैंने तैमूर रख दिया मूली उखाड़ते दिखते है और खबर बनती है तैमूर खान मूली उखाड़ रहे हैं साफ खबरें बन रही ये ये घटिया पब्लिसिटी स्टंट हैं अपनी फिल्म को चलाने के लिए जैसे में हुआ था, वैसा ही अभी आदि पुरुष में हुआ अन्य फिल्मों में भी जब इनको लग जाता है कि इनकी स्टोरी खोखली है और ऐसे कई फिल्में आए जिन्होंने हमारा इतिहास बिगाड़ने की कोशिश की घुटनों के बल गिर के मरी और ये फिल्में नहीं चली वैसे ही इनको ये अंदाजा लग चुका था कि इनकी ये फिल्म भी पर्दे पर नहीं चलेगी इसीलिए इन्होंने घटिया पब्लिसिटी का सहारा लिया है तो शेफारी जी क्या लगता है अब इस मूवी का क्या होना चाहिए आर्टिस्ट है जिन्होंने ये हरकत की है नीचता की हद दिखाई है उन सबका कंप्लीट बाइकॉट होगा और इनको सड़क पर लाया जाएगा ये जो पांच सौ करोड़ की बात करते है ना इनको पांच सौ रुपए भी कमाने को ना मिले इसके लिए जनता को तो साफ तौर तो पर कहना है है कि जनता खुल कर सामने है जैसे चिचोरे और और नशीले जो और जो निदेशक और जो डायरेक्टर कलाकार हैं इनको सबत मिले। जब नहीं चलेगी तो जैसे रणवीर सिंह ने किया बिल्कुल कपड़े उतार के सड़क पर आ जाएंगे इनको तो बस दिखना है उसके लिए लोग कपड़े भी उतार सकते हैं सड़क पर भी आ सकते हैं मतलब हद करते हैं पब्लिसिटी स्टंट के लिए इसलिए अब जनता समझदार है इतना जानती है कि इनको कैसे सड़क पर पहले ले करते हैं और फिर बाइक के ट्रेन पर रोते हैं ये कम्प्लीट नशीले नशेड़ी ड्रग एडिक्ट जो हमारी पूरी जनरेशन को खराब कर रहे हैं बिगाड़ रहे हैं इसलिए जनता को अब सड़कों पर आने की जरूरत है चलिए तो जनता इस मूवी को लेकर विरोध में सड़कों पर आए फिलहाल चल खास में इतना ही नमस्कार